ज्यादा देश द्रोही कहोगे तो चला जाऊंगा बीजेपी में बिहार में चुनाव की रियासत चल रही है जिसमें सीपीआई नेता और जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार बहुत छा रहे हैं इन्होंने बिहार चुनाव में प्रचार की कामना संभाल ली है बता दें कि बिहार के बखरी और तेघाड़ा सीट के सी उम्मीदवारों ने नामांकन किया नामांकन के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कन्हैया ने जो कहा वो काफ़ी ही रोचक था हर छोटी मोटी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें कन्हैया ने कहा कि 2015 के चुनाव में लोगों ने जादुई राजाद और कांग्रेस के महागठबंधन को तोड़ दिया था तब जाकर नीतीश कुमार सीएम बने लेकिन हुआ क्या भाजपा ने सीएम को ही हैक कर लिया था हाँ भाजपा ने सी को ही हैक कर लिया था पहले ई हैक होता है लेकिन अब तो यहाँ भाजपा सी वो ही है, है। भाजपा पर एक के बाद एक ऐसे तंज कसते हुए भाजपा पर कई निशाने साधे कन्हैया ने ज्योति ज्योतिरादित्य सिंधिया उधारण देते हुए कहा कि जब वे कांग्रेस में थे तब उन्हें बहुत ही खराब कहा जाता था वैसे ही वो भाजपा में गए वो शुद्ध हो गए इसी बात पर जोत देते हुए कहा कि मुझे ज्यादा देशद्रोही दोस्त द्रोही कहोगे तो हम भी भाजपा में शामिल हो जाएंगे और सारे इल्जाम खत्म हो जाएंगे और हम भी शुद्ध हो जाएंगे कन्हैया कुमार ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अब जनता समझ गई है और वो है विकास के मुद्दों पर वोट करेगी ना कि जुमलेबाजी को मतदान करेगी ब्यूरो रिपोर्ट ट्रेंडिंग न्यूज हिंदी आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर कर अभश्य हर छोटी मोटी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें